है फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वैसे तो मित्रता भरोसे और सहयोग के अनुपम मिश्रण का नाम है फिर भी जहां एक और सब लोग एक दूसरे को मित्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएँ दे रहे हैं तो मेरी ओर से भी आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरा एक दोस्त है विनय त्रिपाठी वो अक्सर कहा करता है कि मैं जो पंक्तियाँ लिखता हूँ वो अपनी आवाज़ में अपने वीडियो द्वारा YouTube पर या कैसे भी शेयर करूं ताकि उन पंक्तियों का मेरे साथ और आपके साथ एक संबंध जुड़ सके और वो पंक्तियां मेरी पहचान और आपकी और मेरे संबंध की एक पहचान बन सके आज मित्रता दिवस है और मित्र का सुझाव है तो चलिए आज ही शुरुआत की जाती है मेरे पेश हैं आपके सामने दो मुक्तक आशा है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा स्नेह मिलेगा तो आगे भी उत्साह बढ़ेगा और इस तरह से आप भी मज़ा लेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा बढ़ाया हाथ उसने और हमने दोस्ती कर ली बढ़ाया हाथ उसने और हमने दोस्ती कर ली मोहब्बत को बदल कर दोस्ती ही जिंदगी कर ली हमारा दोस्त बनकर ही नया जीवन दिया उसने हमारा दोस्त बनकर ही नया जीवन दिया उसने के बस आस की करके ही हमने खुद खुदकुशी कर ली के बस आस की करके ही हमने खुद खुशी कर ली एक मुक्तक और जो हमारे धेय का मुक्तक है आप सभी के लिए इसमें एक पंक्ति है विशेष रूप से जो मेरा लक्ष्य भी है और आप लोगों के लिए स्नेह भी है नहीं हो फायदा कोई नहीं नुकसान आ जाए नहीं हो फायदा कोई नहीं नुकसान आ जाए आए वो सामने मेरी जान में जान आ जाए आए वो सामने मेरी जान में जान आ जाए अधूरा जिंदगी का आखिरी बस एक मकसद है अधूरा जिंदगी का आखिरी बस एक मकसद है मुझे महसूस करते ही तेरी मुस्कान आ जाए मुझे महसूस करते ही तेरी मुस्कान आ जाए मुझे महसूस करते ही तेरी मुस्कान मुस्काना जाय धन्यवाद मित्रों जय हिंद जय भारत